भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह का आग लगा देने वाला बॉलीवुड सॉन्ग दोस्तों रिकॉर्डिंग हो चुका है शुरू तो क्या खबर की पूरी जानकारी बताएंगे आपको डिटेल में लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बिना समय लेते हुए आइए वीडियो को शुरू कर देते हैं दोस्तों आपको बता दें पावर स्टार पवन सिंह जी अब तक कई सारे बॉलीवुड सॉन्ग को दोस्तों शूटिंग कंप्लीट कर चुके हैं और कई सारे बॉलीवुड सॉन्ग आप सब इनका देखे भी है लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है पावर स्टार पवन सिंह जी का एक और बॉलीवुड सॉन्ग जी हाँ दोस्तों कल ही के दिन रिकॉर्ड किया गया है मुंबई में जिसको रिकॉर्डिंग के लिए पावर स्टार पवन सिंह जी दिल्ली से मुंबई गए थे और दोस्तों उस गाने का रिकॉर्डिंग कम्प्लीट कर लिया गया है जिसमें आपको म्यूजिक रूप में दोस्तों आदित्य देव का म्यूजिक देखने को मिलेगा और वहीं पर दोस्तों इस गाने में फीमेल सिंगर है पायल देव और पावर स्टार पवन सिंह आपको बता दे इस गाने का आखिरी वक्त तक छोड़ा जा सकता है इस तरह के अनुमान है दोस्तों यह एक बॉलीवुड सॉन्ग होने वाला है और काफी ज्यादा खतरनाक सॉन्ग होगा हो सकता है दोस्तों यह अपनी धूं से या फिर टी सीज से आ सकती है इस तरह की जानकारी हमारे हाथ लगी पावर स्टार पवन सिंह जी की टीम से बात करने के बाद दोस्तों आपको बता दें वैसे इस वीडियो में कौन काम करने वाली है यह अभी क्लियर नहीं हुआ है लेकिन जहाँ तक मुझे पता है दोस्तों इसमें कोई बहुत ही बड़ी एक्ट्रेस बॉलीवुड की दिखाई दे सकती है और यह कहना दोस्तों आइटम सॉन्ग भी हो सकता है तो दोस्तों यह थी पूरी जानकारी उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी और इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें